आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के कितने तरीके से फ्रॉड होते हैं जनरली एवरी डे लेकिन हमको पता नहीं है और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जिन जो लोग ऑलरेडी ऐसे फ्रॉड्स में फंस चुके हैं तो मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ अगर ऐसी घटना आपके साथ हो रही है तो आप भी इसे रोक दें नमस्कार मैं ओम प्रसाद और आपको स्वागत करता हूँ इन्वेस्टमेंट ऑनब्लॉक में फैला पहला जो स्टॉक मार्केट में जनरली अभी आ, बहुत फ्रॉड्स हो रही हैं वो हो रहा है अकाउंट फ्रॉड क्या है अकाउंट फ्रॉड आप अगर फॉरेक्स फैक्ट्री यूज़ करते हैं तो फॉरेक्स फैक्ट्री में क्या होता है इकोनॉमी के रिलेटेड दूसरे देशों के रिलेटेड uh, बहुत सारे न्यूज़ आते हैं वो उन न्यूज़ को पढ़ने के लिए लोग फॉरेस्ट फैक्ट्री में जाते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अपडेट्स पाने के लिए तो वहाँ पर वो डेटा ले लेते हैं बहुत सारे लोग वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं कि आप हमारे साथ अकाउंट ओपन कीजिए हम आपके लिए ट्रेड करेंगे और बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे उसके बाद क्या होता है वो हाई रिटर्न्स का एश्योरेंस देते हैं आपको कि बहुत सारा मुनाफा होगा तो आप हमारे साथ ट्रेड कीजिए हम आपके लिए ट्रेड करेंगे और बहुत पैसा बनेगा तो आप जनरली क्या करते हो एक छोटा अमाउंट कुछ दे देते हो तो वो भी एक फ्रेम दे देते हैं कि नहीं सर मिनिमम आपको बीस हजार या पचास का इन्वेस्टमेंट करना होता है उसके बाद वो बताते हैं कि कितना रिटर्न जनरेट हुआ जैसे कि आपने पचास हजार दिए थे तो उसको कर देते हैं एक अच्छा सा ट्रेड ले लिया और उसमें से 20 लाख 25 लाख या फिर 50 लाख तीस लाख ऐसा हो गया तो ऐसा होता है जनरली मेरे क्लाइंट आए थे जिनका उन्होंने अकाउंट ओपन किया इन्होंने दिए थे 50,000 और उसको दो तीन दिन ट्रेडिंग करके उन्होंने 27 लाख बना दिया उसके बाद आता है आप जब बोलते हो कि वो पैसा हमको वापस चाहिए जो हमने रिटर्न में कमाया है वो पैसा दीजिए तो वो बोलते हैं कि आपके अकाउंट में ट्रेडिंग हुआ है तो आप अगर पैसा लेने के बाद हमें फीस नहीं दोगे तो इसीलिए यहाँ आपको प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ता है मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग की बात हुई थी कि जितना प्रॉफिट बनेगा उसमें से 30% वो लेंगे और 20% और 70% आपका होगा तो प्रोसेसिंग फ़ी कालकुलेशन होता है कितना 30 30, 30, 30 लाख का आपका 30% मतलब तीस लाख का तीन तीन लाख करके नौ लाख रुपये का प्रोसेसिंग फ़ी होता है जो उन्हें मिलना तो आपको मानते हैं कि 9 लाख रुपए आप डिपॉजिट कीजिए तो आप बोलते हैं कि 9 लाख नहीं है तो उसकी बारगेनिंग होता है जो कुछ भी हो वो तीन चार पाँच लाख से नीचे नहीं आने वाले तो जैसे आप तीन लाख या चार लाख उनको डिपॉजिट देते हैं उनका फ़ी का उसके बाद वो आपको नंबर ब्लॉक कर देते हैं और वो अकाउंट भी आपका ओपन नहीं होता तो एक ऐसा फेक चल रहा है मेरे दो तीन स्टूडेंट जो मेरे पास आए हैं वो बहुत बार मुझे पूछे कि सर एन सेफ़ है बी सेफ़ है मैं बोला आप इतनी बार क्यों पूछ रहे हो तो जब मैंने उनसे ये कहानी सुना और मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे कॉल्स आए थे कि आप हमारे साथ ट्रेडिंग कीजिए हम आपको हाई रिटर्न्स देंगे तो लेकिन मैं अवॉइड किया था क्योंकि वो जो रिटर्न्स बता रहे थे वो पॉसिबल नहीं है तो आ, मैं ट्रेडर हूँ फुल टाइम ट्रेडर हूँ तो मुझे पता है कि महीने के आप अगर आ, अच्छे भी ट्रेडर हैं दो चार या पाँच ही कमा सकते हैं साल का अपने Uh, अगर 50 परसेंट भी कमाया तो आप फिनोमिनल ट्रेडर हैं लेकिन वो एसर करते हैं कि आपको 50,000 में हर रोज आपको 10-20,000 प्रॉफिट करके देंगे तो यहाँ पे रिस्क भी बढ़ जाता है तो मैं एक थोड़ा डिफेंसिव ट्रेडर हूँ तो मैं ऐसा अवॉइड करता था लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसे फ्रॉड्स होते हैं तो एक स्टूडेंट uh, ने जब बताया तो मुझे पता चला कि उन्होंने पाँच लाख रुपये फीस दिए उसके बाद नंबर ब्लॉक हो गया दूसरा जो फ्रॉड होता है एडवाइजरी का फ्रॉड आप लोग अगर ट्रेडिंग करते हो तो बहुत सारे एडवाइजर आपको फोन करते होंगे कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं कितना पैसा बन रहा है आप अगर बोलेंगे लॉस हो रहा है तो वो बोलेंगे प्रॉफिट कर देंगे आप अगर बोलेंगे प्रॉफिट हो रहा है तो बोलता है कि और ज्यादा प्रॉफिट बना देंगे तो पहले वो क्या करते हैं कॉल्स टेस्ट के लिए देते हैं आप अगर टेस्ट के लिए कॉल्स लोगे तो क्लिक भी हो जाता है क्यों वो बोलते हैं कॉल बाय करो और कुछ लोगों बोलते हैं पुट बाय करो तो अगर पुट वालों का मार्केट गिर गया तो पुट वालों का पैसा बना तो उनको फी मांगते हैं कि आप डिपोजिट दीजिए फिर से हम लेंगे अगर जिन्होंने कॉल लिया था उनका लॉस हो गया तो उनको बता दें कि और एक टेस्ट कॉल देते हैं तो दो तीन बार आप टेस्ट कॉल लेते हो तो अच्छा पैसा बन भी जाता है तो वो आपको मांगते हैं कि फीस दीजिए फीस देने के बाद वो आपके जो कॉल्स प्रोवाइड करते हैं वो कॉल्स में बहुत लोगों ने काम किया एडवाइजरी में और सब ने लॉस किया अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है एडवाइजरी लेके बहुत अच्छा पैसा बनाया तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे एडवाइस ले रहे हैं कितना पैसा दे रहे हैं और कैसा पैसा बनाए और अगर आपका लॉसेस हुआ है तब भी बताइए कि कैसा लॉसेस हुआ है अब क्या रीज़न था उसके पीछे उसके बाद आता है लॉसेस जब होता है वो बोलते हैं कि हमारा एक गोल्ड पैक है सिल्वर पैक है डायमंड पैक है उसको खरीदिए तो आप उसके लिए भी पैसे देते हो और उसके बाद उसमें जो कॉल्स आप प्रोवाइड होता है उसमें भी आप लॉसेस करते हो तो ये उनका एक स्कैम होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिर पहले पाँच मांगेंगे फिर गोल्ड प्रीमियम बीस हज़ार मांगेंगे आप उनका फी ही प्रॉफिट नहीं कर पाओगे आपको तो अपना पैसा बढ़ाने का अलग बात है तो ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं मैं 2010 से मार्केट में हूँ तकरीबन ढाई हजार क्लाइंट का मैं अकाउंट संभालता था मैं मोतिलालोसवाल सिक्योरिटीज़ के एक सब ब्रोकर के अंदर में बहुत साल काम कर चुका हूँ तो आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता एडवाइजरी में मैं ढाई हजार लोगों के साथ कांटेक्ट में हूँ कोई भी एडवाइजरी में पैसा नहीं बनाया अगर कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है कोई अच्छा आपको एडवाइस कर रहा है कि शॉर्ट टर्म कॉल्स देंगे तो अच्छा है लेकिन इंट्रा डे कॉल्स हर रोज आपको पैसा बन जाए ऐसा कॉल्स मत लीजिए पोजिशनल्स हैं या फिर इन्वेस्टमेंट आइडियाज हैं तो वो काम करते हैं आप रिसर्च एनालिसिस जो भी है उनको थोड़ा बैकग्राउंड चेक कीजिए इन्वेस्टमेंट में पैसा बनता है सब लेकिन ट्रेडिंग में ये डिपेंड करता है वैरी मतलब इंसान टू इंसान वैरी करता है ठीक है इसके बाद आते हैं तीसरे तरीके के फ्रॉड जो होते हैं ब्रोकर फ्रॉड अरे ब्रोकर तो सही होते हैं सब कुछ बता देते हैं आप लोगों को नहीं ब्रोकर में भी फ्रॉड्स होते हैं जैसे कि फ्री डीमैट अकाउंट ये झूठ है फ्री डीमैट अकाउंट नहीं होते अकाउंट ओपन हो जाता है उसका मेंटेनेंस रहता है हर साल आपका मेंटेनेंस फीस रहता है तो आप अगर सोच रहे हो मेरा डिमैट अकाउंट पूरा फ्री है फ्री नहीं है हर साल आपको सीडीएसएल एनएसडीएल एस की तरफ से पैसा काटा जाता है ब्रोकर उसमें भी कुछ कुछ पैसा निकालता है काटता है तो आप जब भी अकाउंट ओपन कर लिए तब पूछ लीजिए कि एनुअल मेंटेनेंस फी क्या है अगर अगर आपको पता है फीस लगता है लेकिन ये बताया नहीं गया था तो ये भी फ्रॉड है एक तरह का तो जब फ्री अकाउंट होता है तो उनको पूछिए कि आप मैंटेन्स चार्ज नहीं लोगे लोगे ना तो फ्री अकाउंट का क्या मतलब है चार्जेस तो लेते हो आपका सारा उसके बाद आता है ब्रोकरेज स्ट्रक्चर बहुत लोगों ने मैंने देखा है कि इंटरानेट ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर चुनते हैं जैसे हो गया जीरो गया ऑफ गया आप ये ट्रेडिशनल ब्रोकर को, कोई भी ना हो कोई भी हो तो उनका स्लैब रहता है ब्रोकरेज का आप अगर ऐसा भी कुछ स्ट्रक्चर है जहाँ पर आप अगर उनको पेमेंट कर देते हो एडवांस भी आ, साल का दो हज़ार तीन हज़ार तो वो ब्रोकरेज बहुत कम लेते हैं ब्रोकरेज फ्री स्कीम्स भी होते हैं तो उनका स्लैब्स रहता है वो स्लैब्स को जानिए उसके हिसाब से आप ब्रोकर चुनिए उनका स्कीम्स देखिए कुछ कुछ ब्रोकरस ऐसे हैं जो कि आप जब कभी भी शेयर बेचोगे तो स्क्रिप वाइज ब्रोकरेज भी लेते हैं डिमैट अकाउंट से प्राइस निकाल के देने के लिए डिमैट अकाउंट से निकाल के ट्रेड करने पर जो आपको डिलीवरी सेल करने पर उसका भी एनुअली चार्ज लगता है तो ये स्ट्रक्चर को समझिए कि कौन से स्ट्रक्चर में आपको डिमैट अकाउंट दिया जा रहा है बहुत छोटे मेंटेनेंस फी जहाँ रहता है वहाँ पर ब्रोकरेज थोड़ा रहता है जहाँ पर ब्रोकरेज बहुत लो रहता है वहाँ पर ई एम बहुत बड़ा रहता है तो इसको पूछिए कि क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल हैं आप अगर वन टू वन अकाउंट ओपन कर रहे हैं लेकिन अभी बात कर रहे हैं जो ज्यादातर तो लोग ऑनलाइन में अकाउंट खोल रहे हैं ऐप डाउनलोड कर देते हैं और अकाउंट खोल देते हैं एक तो बात आपको ऑपरेट करना नहीं आता मैं हमेशा बताया हूं कि आप जब कभी भी नए हो अकाउंट नया खोलने जा रहे हो तो ट्रेडिशनल ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलिए वो आपको सिखाएगा बाय कैसे होता है सेल कैसे होता है स्टॉपलेस ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है और काफी सारी चीजें जो जनरली आप धीरे धीरे जानोगे तो ट्रेडिशनल ब्रोकर के साथ बिगनिंग करें आप अगर प्रो बन गए ट्रेडिंग के सारे टर्म्स पता चल गया उसके बाद आप आ सकते हो डिस्काउंट ब्रोकर में डिस्काउंट ब्रोकर में प्रॉब्लम क्या है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा आप जब शेयर बेचते हो डिमांड अकाउंट से अगर दो तीन पहले या पंद्रह दिन पहले खरीदे हो तो वहाँ पे आपको ओटीपी आता है ओटीपी कंफर्म होने के बाद आप सेल करते हो वो क्यों होता है ये ओ आप अगर ट्रेडिशनल ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हो तो वहाँ पर ओ नहीं होता आप जब चाहो तुरंत बेच सकते हो इस कारण बहुत लोगों का लॉस होता है कैसे आप बेचना चाहते हो प्राइस गिर रहा है लेकिन आप बेच नहीं पा रहे ओटीपी नहीं आ रहा है ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपका पीओए नहीं है पीओए मतलब पावर ऑफर्टनी आपके अकाउंट में आपका पावर नहीं है किसके पास पावर है पावर है आपका ब्रोकर के पास तो उसको मांगिए कि पावर ऑफ पर्टनी मेरा दे दीजिए इसका सिंपल प्रोसेस है आप एक वो लेटर देंगे वो लेटर में आप साइन करोगे उसको भेज दोगे तो पावर ऑफ पर्टनी क्लियर हो जाएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सोचिए कि मार्केट क्रैश होने वाला है या फिर स्टॉक क्रैश होने वाला है जो आपको पता है आप सवेरे उठ के बेचना चाह रहे हो लेकिन आपको ओटीपी नहीं आ रहा है आप प्रॉब्लम में बच जाओगे बहुत लॉसेस हो जाएगा आपका अकाउंट है आपके पास पावर ऑफ पटनी खोला चाहिए तो ये आपको ये चीजें पता नहीं था आपको पता चला है कुछ कंटेंट में तो प्लीज काइंडली लाइक करें और कमेंट में लिखिए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा क्योंकि हम बहुत रिसर्च करके ये सब वीडियो बनाते हैं ये वीडियो आगे बढ़ाइए शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए कि ऐसे भी हर रोज फ्रॉड होता है आपके साथ ठीक है थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट